साल 2018 तक अनिल धीरू अंबानी एडीएजी समूह की कंपनियों के पास 1.72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था वहीं इसी साल एरिक्सन ने भी आर पर 1100 करोड़ की उधारी का मुकदमा ठोका जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कह दिया था कि अगर अनिल अंबानी ने एरिक्सन को एक महीने में पैसे वापस नहीं किए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा भाई वो जेल जाने ऐसी बचाने के लिए मुकेश अम्बानी आगे आए डायमंड स्पून के साथ बिजनेस टाइगोन धीरू भाई अम्मानी के घर पैदा हुए मुकेश अम्बानी और अनिल अम्बानी धीरू भाई अम्मानी ने अपने दोनों बेटों को बेस्ट स्कूल में पढ़ाया बेस्ट कॉलेज से डिग्री दिलवाई जो लग्जरी फैसिलिटीज बड़े भाई मुकेश अम्बानी को मिली वही अनिल अम्बानी को भी मिली हीरु भाई के निधन के बाद जायदाद भी दोनों में बराबर बठी लेकिन आज बीस साल बाद मुकेश अम्बानी जहाँ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के अमीर आदमी है वहीं अनिल अंबानी करोड़ पति ऐसी सीधा रोड पति बन गए पर ऐसा कैसे हुआ कैसे अंबानी परिवार का ये चिराग जो कभी अरबों की प्लेट में खाना खाया करता था करोड़ों की गाड़ियों में घूमा करता था वो आज सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा है तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैक्ट्री फाइंग सफर और बताते है आपको अनिल अम्बानी के कंगाल होने का असली सच कभी पकोड़े का ठेला लगाने वाले धीरू भाई अम्मानी ने दिन रात पसीना बहाकर कर रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी थी और जब तक मुकेश अम्बानी और अनिल अम्बानी की पढ़ाई पूरी हुई तब तक तो रिलायंस इंडस्ट्री पूरे देश में अपने पैर चुमा चुकी थी इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री थाली में परोसकर कर मुकेश अम्बानी और अनिल अम्बानी को मिल गयी मुकेश अम्बानी और अनिल अम्बानी को पिता का करोड़ों का बिजनेस मिला तो साथ ही जिम्मेदारी भी मिली पिता के खड़े हुए बिजनेस को आगे बढ़ाने की अनिल अम्बानी शेयर मार्केट के खिलाड़ी माने जाते थे इसलिए उस दौर में बड़े भाई के मुकाबले उनकी शोरत ज्यादा थी और वो बड़ी तेजी से अपने भाई से आगे भी बढ़ रहे थे धीरू के जमाने में वित्तीय मामले अनिल और औद्योगिक मामले मुकेश संभालते थे लेकिन धीरू के निधन के बाद रिलायंस का कारोबार मुकेश और अनिल अम्बानी को विरासत में मिल गया दोनों में बाद में जायदाद के बंटवारे को लेकर जमकर विवाद तनाव रहा और आखिर में दो में रिलायंस के दो हिस्से हो गए मुकेश अम्बानी को पुराना पेट्रोकेमिकल कारोबार मिला तो अनिल अम्बानी को नए जमाने का टेलीकॉम फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी कारोबार बंटवारे के दो साल के अंदर ही मुकेश और अनिल अम्बानी ने अपनी संपत्ति को काफी बढ़ा लिया 2007 में फोर्व की भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में दोनों भाई मुकेश और अनिल का नाम शामिल था और बड़े भाई मुकेश अनिल ऐसी थोड़ा ही आगे थे लिस्ट के मुताबिक दो में अनिल अम्बानी पैतालीस अरब डॉलर के मालिक थे और मुकेश उनचास अरब डॉलर के 2008 में रिलायंस पावर के पब्लिक इशू सामने आने के बाद लोगों को लगने लगा कि छोटा भाई अपने बड़े भाई से आगे निकल जाएगा उस समय रिलायंस पावर के एक शेयर की कीमत 1000 तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी और अगर ऐसा होता तो शायद सच में अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से आगे निकल जाते लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज 2021 में मुकेश अम्बानी जहां 6 लाख 24 हजार करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं, वहीं 12 साल पहले 45 अरब डॉलर के मालिक अनिल अम्बानी अब सिर्फ 600 करोड़ के मालिक रह गए हैं कर्ज में कैसे डूबे अनिल अम्बानी अनिल अम्बानी के हिस्से में पॉवर टेलीकॉम और रियल एस्टेट आए लेकिन उनका शुरू ऐसी ही टेलीकॉम बिजनेस में इंटरेस्ट था क्यूँकी उन्हें लगता था की टेलीकॉम इंडस्ट्री मॉडर्न वर्ल्ड का फ्यूचर है और ये उन्हें आराम से भारत का सबसे अमीर आदमी बना सकती है अब अनिल अम्बानी का सोचना तो था लेकिन उनकी ये गलती उन आरोप भारी पड़ गई। रिलायंस कम्युनिकेशन आर को जब 2002 में रिलायंस इन्थ्रो के नाम से शुरू किया गया तो को डिविजन मल्टीपल एक्सिस माने सी को चुना जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और वो इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G तक ही सीमित थी और इसलिए जब ग्लोबल मार्केट में 4G और 5G ने एंट्री मारी तो आरकॉम टेलीकॉम की रेस में दूसरी कंपनियों से पीछे रह गया आरकॉम को मार्केट में बनाए रखने के लिए अनिल अंबानी बैंकों से उधार लेते गए और साल 2008 में आरकॉम को स्पेक्ट्रम मिला तब तक उसके ऊपर पच्चीस करोड़ रूपए का कर्ज हो गया था अनिल अम्बानी की दम तोड़ती आर को आखिरी मार उनके भाई मुकेश अम्बानी ने ही दी दरअसल जब रिलायंस इंडस्ट्री का बंटवारा हुआ था तो उस समय दोनों भाइयों ने पाँच साल का नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन किया था जिसके मुताबिक दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस सेक्टर्स में एंट्री नहीं करेंगे पर साल 2010 में मुकेश अंबानी ने एग्रीमेंट खत्म कर दिया और टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री मारी और 2016 में जब वो जियो का सैलाब लेकर आए उसमें अनिल अम्बानी ही नहीं बल्कि कई दूसरी टेलीकॉम कंपनिया भी बह गयी यू सरकार दूसरे दौर के खत्म होने तक टू स्पेक्ट्रम के कथित घोटाले की वजह ऐसी अनिल अम्बानी 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में भी फंस गए ये अनिल अम्बानी ग्रुप के लिए एक और झटका साबित हुआ इसी दौरान 2015 में अनिल अम्बानी ने डिफेंस सेक्टर में कदम रखते हुए पिपा वॉर डिफेंस को भी खरीद लिया था और इस कंपनी के ऊपर पहले से ही 7000 करोड़ रुपए का कर्ज था और आगे चलकर ये कर्ज करीब दस करोड़ रूपए तक पहुँच गया और आई बैंक और आई ने इसे एन में घसीट लिया साल 2018 तक अनिल धीरूभाई अंबानी ए समूह की कंपनियों के पास 1.72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था वहीं इसी साल अरिक्सन ने भी आर पर 1100 करोड़ की उधारी का मुकदमा ठोका जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कह दिया था कि अगर अनिल अंबानी ने एरिक्सन को एक महीने में पैसे वापस नहीं किए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा भाई को जेल जाने ऐसी बचाने के लिए मुकेश अम्बानी आगे आए और उन्होंने अपने भाई की मदद की कर्ज के दंगल में पूरी तरह डूब जाने के बाद अब अनिल अम्बानी को समझ आ चुका था कि अब उनके टेलीकॉम इंडस्ट्री से एग्जिट करने में ही भलाई है और उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री से एग्जिट की घोषणा कर दी लेकिन आरकॉम का कर्ज इतना बढ़ चुका था कि अनिल अम्बानी की परेशानियां खत्म नहीं हुई दो में आरकॉम के अंडर आने वाली केबल कंपनी सी ने भी अपने आप को यूएस में दिवालिया घोषित कर दिया और दो तक आर का कर्ज बढ़कर पचास करोड़ पहुँच गया जिसमे छब्बीस करोड़ तो भारतीय बैंकों का ही था और इसकी सारी सम्पत्ति सेल आरोप लगा दी गयी जिस पर हाई स्पीड लगाने वालों में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंफ्राटेल और यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी पर अनिल अंबानी के बुरे दिन कहां खत्म होने वाले थे इसी साल चाइना के तीन बैंक्स इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड (ICBC), बी चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना जिन अनिल अम्बानी ने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया था उन्होंने अनिल अम्बानी के खिलाफ लंदन कोर्ट में 708 मिलियन डॉलर का मुकदमा दायर किया जिसके जवाब में अनिल अम्बानी ने कोर्ट में अपने आप को दिवालिया बताया था दरअसल टेलीकॉम इंडस्ट्री पर राज करने के चक्कर में अनिल अम्बानी ने अपने बाकी बिजनेसेस को भी कर्ज में डुबो दिया था वहीं उनका दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस रिलायंस पावर भी उनके गलत फैसलों की भेंट चढ़ गया रिलायंस पावर जिसे मुकेश अम्बानी का रिलायंस गैस इंडस्ट्री सस्ते दाम आरोप गैस सप्लाई करती थी और वो इससे अच्छे पैसे कमा रहे थे उन्हें दो में गैस प्राइसेस को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कर गयी जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला केंद्र के हक में सुनाया और साफ कह दिया कि गैस नेशनल रिसोर्स है इसलिए अनिल अम्बानी को भी गैस मार्केट प्राइस पर ही खरीदनी होगी और रिलायंस गैस सिर्फ अनिल अम्बानी ग्रुप को ही गैस नहीं बेचेगी उसे दूसरी कंपनी को भी गैस बेचनी होगी इसके बाद रिलायंस पावर की शेयर गिरने लगे और कई कोशिशों के बाद भी वो इसे डूबने ऐसी नहीं बचा पाए और इस तरह आर के साथ साथ अनिल अम्बानी के रिलायंस पावर रिलायंस कैपिटल रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर्ज में डूब गयी और आर कॉम के अलावा अनिल अम्बानी के बाकी बिजनेस आरोप भी अभी बीस हजार तीन सौ उन्यासी करोड़ का कर्ज बाकी है जिसमे ऐसी अब तक सिर्फ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही कर्ज ऐसी मुक्त हो पाई है दो हजार आठ में चार लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू तक पहुँचने वाले अनिल अम्बानी ग्रुप की कुल मार्केट वैल्यू आज सिर्फ तीन हजार आठ सौ नब्बे करोड़ रह गयी है और खुद अब पुद को दिवालिया घोषित कर चुके हैं हाँ, लेकिन रिकॉर्ड की माने तो दिवालिया होने के बावजूद भी अभी अनिल अंबानी के पास 600 करोड़ की संपत्ति है जो उनके नाम पर नहीं उनकी वाइफ और बच्चों के नाम पर है वही रिलायंस पावर और टेलीकॉम में अनिल अंबानी को भले ही बहुत घाटा हुआ लेकिन उनकी दो और कंपनिया रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हालत में है इसलिए कहना गलत होगा की वो अभी गेम ऐसी बाहर हो गए हैं अगर ये दोनों कंपनियाँ फ्यूचर में अपना साइज बढ़ाने में कामयाब हो जाती है तो हो सकता है कि अनिल अम्बानी के अच्छे दिन भी फिर लौट आए और वही देखा जाए तो आज अनिल अम्बानी जिस भी हालत में हैं उसके लिए वही जिम्मेदार हैं अरबों का बिजनेस विरासत में मिला लेकिन वो उस विरासत को संभाल नहीं पाए इसलिए तो कहता हूं जिम्मेदार बनो मेहनत करो मेहनत करोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी वरना विरासत में अरबों मिल जाए तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा to one